चलो रे कोई नहीं है, जल्दी चलो को को अब जल्दी अबे जल्दी अब जल्दी काटो रे जल्दी जल्दी काटो काटो ना अबे अबे जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी काटो अरे जल्दी जल्दी मार काटो और निकलो यहां से या पहले जब पुलिस आ जाए जल्दी जल्दी काटो मेरे बाप अब आप पुलिस आ गई भागो अरे रुको रुको क्या कर रहे रुको रुको क्या कर रहे छोटू पुष्पा पगार दे <laughs> ये ले और पिछले हफ्ते की भी दे वो वो भी ले साले क्या रे अभी हम लोगों को देख के तुम क्यों भाग रहे थे थेदार अपुन भागता नहीं डायरेक्ट सुख काटता है साल अरे अभी देखे हमने तुमको तुम भाग रहे थे और तुम्हारे हाथ में गन्ने के पेंडे थे है वो गन्ने के पिंडे अरे गांव के खेतों में से इतने लोग गन्ने चुरा के लेके जाते तुम लोग को हम ही दिखे क्या सीधे से बता दे छोटू पुष्पा वो गन्ने के पेंडिया कहाँ है अगर ये बात भी पुलिस बताएंगा तो तुम लोग पुलिस की नौकरी काम लोग इधर आगे का, के का के लिए बैठे अरे अपूल का दिल जब भी उदास होता है ना अपूल इधर ही साल पर क्या रहे छोड़ो पुष्पा हमारे सामने टांग पे टांग रख के बैठा नीचे कर जब पैदा पैदा हुआ हुआ था ना तो इसी तरह पैर पैर पे रख के बेटा टांगदार पाव, पाव नीचे नहीं करेंगे बहुत अकड़ है तेरे अंदर आज तू तो बंदे के साथ पकड़ा नहीं गया मगर हमको मालूम है इस गाँव के खेत के गन्दे तू तो ही चुराता अभी तुम लोग ने अपुन को टेंशन दे दिया साला। अभी तक तो अपूल गन्ने चुरा के गांव के रसवंती वालों को देता था मगर आज ऐसी अपूर शक्कर सप्लाई करेगा अपूल मार खा के, के गिर जाएगा पर मानेगा नहीं साला। अभी तुम लोग इधर से जाओ अपना पगार बांटने का टाइम हो गया ठीक है छोटो पुष्पा एक ना एक दिन तुझे रंगे आज जरूर पकड़ेंगे यारे छोटू पुष्पा पैसे दे मेरे एले। एले। एले पुष्पा मेरी भी दे दे रे रहे <laughs> पुष्पा तुमने सारे पैसे तो बांट दिया अब खाएंगा क्या अरे तुम लोग लोगों के खाएंगा छोटू पुष्पा राज मर जाएगा खुद के पैसे का साला। ये छोटू पुष्पा का नाम बहुत सुनने में आ रहा है भाई वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है सुना है सारे खेत के गन्ने वही चुरा रहा है भाई तुम बोलेगे तो बोले गए तो को। मर गए मारने वाले। अरे ये तो आ गया। अबे पुष्पा अबे उधर कहा जा रहा साला ये मेरा तेड़ा पाव कभी मेरे को सीधे चलने ही नहीं देता बोल क्यों आया मेरे पास चला है से इंदौर तक के तेरा गन्ना सप्लाई होता है हाँ तो सारे डिपार्टमेंट को पचास हजार का हफ्ता भी तू ही पहुँचाता है हाँ तो आज से पच्चीस हजार रूपए का हफ्ता अपुन को भी देना पड़ेगा क्या हफ्ता हाँ? तेरा का हफ्ता तेरे गन्ने को मालेगा निकालने के वास्ते मतलब तू अपन का माल रोकेगा रोकेंगे नहीं रे तेरा पूरा माल जमा कर लेगा अपूर तू मुझे धमकी दे रहा है क्या छोटू पुष्पा अरे धमकी समझ ले, अगर आप तुमको हफ्ता नहीं ना, तो तेरा माल पाटा भी पार नहीं करेगा तुझे मालूम नहीं है मेरे पीछे अन्ना स्वामी का हाथ है हेलो अन्ना स्वामी हेलो छोटू पुष्पा अरे कैसे है भाई बहुत अच्छा अरे ये तुम्हारा कल्लू बनारसी आजकल बहुत बेमानी कर रहा यहाँ के गन्ना चोरों से बीस के हिसाब से माल लेता माल सही सलामत निकालने के पचास देता टोटल कितना हुआ आयो, सत्तर होता जी तुमको कितने में माल देता आइयो काला डेढ़ सौ में देता आपको तुमको एक सौ बीस में क्या बात करता जी एक नंबर माल आज से दवा का रस निकाल लो। छोटू पुष्पा बहुत बारी। आज तेरे से लेगा। थैंक यू भाई। देखा? ये तो तेरा अन्ना स्वामी साले तूने मेरा धंधा खराब कर दिया तेरा धंधा नहीं खराब किया रे। को धंधा करना सिखा दिया। भाई भाई। तूने जाने दिया? तू भी तो तो बैठ के मुंह देख रहा था। इशारा तो करना चाहता भाई। साला इस टाइप की बात मेरी पीठ के पीछे ही होती है साला क्या बोल रहा चले मोटे स्वांड? मैंने क्या कुछ बोला? नहीं नहीं नहीं अभी तूने इसको बोला ना कि तुमने इशारा नहीं किया अगर ये काले ती को इशारा कर देता तो तू मेरा क्या कर लेता रे? मैं कुछ नहीं करता। चल मार मेरे को अबे अब मारना को कैसे मारेगा मीकू कैसे मारेगा मीकू बोलना कैसे मारेगा मीकूंगा कैसे मारेगा बोल कैसे मारेगा? मारेगा? मारेगा? मारेगा? मारेगा? मारेगा? तू तो क्या बोल रहा था कल मैं कहाँ कुछ बोल रहा था नहीं तू अभी दिल में सोच रहा था ना तू मेरे को टपका देगा? अरे नहीं नहीं मैं तो ये सोच रहा था कि आज से अपन दोनों पार्टनर पे धंधा करेंगे पुष्पा रात धंधे में नुकसान उठा लेगा पार्टनर ही कभी नहीं करेल चला